शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्र पर रीठी नगर में धूम मची हुई है जहां सभी भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आए। रीठी में विराजमान बड़ी माई की भव्य महाआरती कर प्रसाद का वितरण हुआ इसके बाद बस स्टैंड में विराजमान नगर सेठानी मां जगदंबा को भोग अर्पण कर ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती की गई। रीठी में जगह जगह विराजी माँ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जन उमड़ रहा है भोर से ही देर रात तक पूरा नगर माँ जगत जननी के जयकारों की गूंज रहा है इन दिनों पूरा रीठी नगर आकर्षक दूधिया रोशनी से नहा रहा है जगह जगह पर मां जगदम्बा की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई है पंचमी से दुर्गा पंडालों में भव्य महाआरती के साथ माता रानी को छप्पन भोग अर्पण करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है साथ ही पंडालों में प्रतिदिन धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं रीठी के कार्यक्रम के विषय में गोलबजार रामलीला दुर्गोत्सव समिति लगभग पचास वर्षो ऐसी ग्राम में द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन